सर दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं सर ये रॉकेटरी नहीं है पपेट्री है इन रॉकेट्स के जरिए हम एक कमर्शियल होंगे कामी दिमाग छीनना चाहते हैं सबको लगता है की लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है लेकिन सच तो यह है की मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है मुझे तुम लोगों से कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी आया को एक मिशन के लिए आए हैं no अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी क्या समझ रखा है मुझे मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ